तो वेलकम गाइस आपका स्वागत है हमारी कौन न्यू वीडियो में तो आज हम आए हैं मेरे बाबा के दुकान में आए हैं तो ऑफिस में आए हैं तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छा रविवार था तो मेरी स्कूल में छोटे से तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर आपको हमारी दुकान की लोकेशन चाहिए तो यहाँ पर फेज थ्री दामनगर में आया है फेज थ्री में आया है फिर बेस थ्री गोल्डन गुल्ड, पॉइंट आपको दिख रहा होगा उसके अंदर आ जाएंगे ठीक है आपको फिर वहां पर एस के एंटरप्राइज नाम की आपको एक दुकान मिलेगी वहां पर आ जाना है वहां पर ही मेरी पापा की दुकान है तो आप जब चाहे यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो हमने नई एक स्कूटर ली है आई बहुत अच्छी चलती है गाइज तो लेनी हो तो आपको, तो आपको डेट में मिल जाएगी ठीक है तो पहले मैं आपको दुकान का टूर देता हूँ तो मैं भी दुकान में आ गया पापा जी से बात करते। Hi guys, how are you? और क्या कहना है यह है मेरा करण छोटा लड़का है वो अपना YouTube पे अपना व्लॉग बना रहा है तो मैंने इसको कहा था वैसे ही एक व्लॉग बना लो उसके स्कूल में आज छुट्टी है तो आज अच्छा मेरी ऑफिस पर आया हुआ है वो बढ़िया लॉक बना रहे ओके गज ओके थैंक यू हाँ, तो आप बोलिए कि आप किसका काम करते हो और हाँ मेरा केमिकल का बिजनेस है मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से और इंडिया में लोकल में भी अपना काम चल रहा है बहुत बढ़िया है केमिकल का काम है मेरा और कुछ और कुछ नहीं बस तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा चैनल कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में तब तक के लिए बब्बाई